बाहर जाता है डाउनलोड हो रहा फाइनली दोस्तों अब हो रहा है तो फास्ट हो गया। तो दोस्तों पहले मैं भी खेलता था अब बहुत दिन दिन बाद में खेल रहा YouTube चैनल चैनल से था। दोस्तों अब एक बारा मिल सब डाल देता हूँ मालूम नहीं देखते अब कोई खेलता है कि नहीं खेलता हम दोस्तों के यहाँ कोई दिखाने अब तक अब कोई नहीं आता है तो हम दूसरे टेप से हम चलेंगे बहुत इसमें खेलने के रुकते हैं दोस्तों अब तक तो कोई आया नहीं बाहर घर पे few moments later yahan pe chal sakte hain humne elected se chal raha 1000 years later ab ab isme kya hota hai ki bande ko dhundla padta hai and years later yaha to koi dikha nahi ab tak oh bhai yaha bandook iske mein kya kaam ka bandook ka ने बाप बारिश से कीचड़ में से फिसल के सीधे कोर्ट पहुंच गए थे अचानक उनको याद आया मेरी मां को खर्चा पानी देना भूल गए दोस्तों अब ये लिख दिया मैंने पिंक कर दी थी दिस को मर्ज करो वोट करने के लिए जाता है सब लोग क्या कहते हैं देखते हैं फिर तो हम वोट दे अब दोस्तों एक बंदा जिसको ज्यादा वोट है, वो बंदा बाहर जाता है हो गया ऐसा खेलना पड़ता है इस गेम में ओ आप से सीधे कोर्ट गए गए थे अचानक उनको याद आया मेरी को खर्चा देना भूल एक बंदा दिख गया मुझे इसको करते उसकी तरफ चेहरा करना पड़ता है मैसेज भी देख सकते हो इसके कि सब सबको सामान और पड़ गया है इसलिए गेम बहुत लंबा चलने वाला है। लैथ है चलो अंडरग्राउंड जाते हैं टू थाउजेंड ई लैथ अब इधर इधर इधर जा रहा है चल ओ भाई एक बंदा दिख गया चेंज करके बारिश में से के सीधे कोर्ट गए थे अचानक उनको याद आया मेरी माँ को खर्चा पानी देना भूल गए इधर कर दो थोड़ा आ गया देख ओट दे। दे। तो कर दे। देखे दोस्तों बाहर जाएगा तो दोस्तों पसंद आए तो फटाफट फट से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जाइए देखिए हाँ दोस्तों लाल बटन को प्लीज दबाना भूलेगा मत तो चलिए तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए